अर्थात छोटा सा ऊष्म अर्थात तेज अंड अर्थात बीज तात्पर्य ऊर्जा का वो छोटा बीज जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की कुमांडा देवी वो स्रोत हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीवंत किया पार्वती ब्रह्मांड का प्रतीक है और शिव शून्य का और दोनों एक दूसरे को मिलकर पूर्ण करते हैं